समझे क्या कर रहा है एक बंदा यहाँ पर को लेता हूँ ये अरे यार हट भाग गया वो भाई क्या चलो पहला बंदा यहाँ पर ना हो चुका है अरे तुम लोग तब लोग ना खो हो रहे यार अकेले तमाम स्कॉट को अब यार क्या खेलते यार तुम लोग क्या यार आशीष तुम भी यार ये ऐसा नहीं दिया नीचे जा रहा हूँ देखते यहाँ पर शायद बंदे कहाँ पर है ये कर देता हूँ मैं पहले तो अरे यार चलो यहाँ पर दूसरा बंदा ना एक बंदा बचा हुआ ये कैसे भी करके यार मुझे करना पड़ेगा कंप्लीट है क्योंकि अब भी अभी मास्टर पहुंचा हुआ यार माइनस लग जाएगा पूरा फिर से ये लोग पहुंच जाऊँगा यार अभी यार क्या करूंगे यार मैं कर पाऊंगा मैंने कर लिया है तो आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस बार वीडियो को यार क्या करते क्या यार तुम लोग बताओ क्या करूंगा यार